मुहूर्त कहाँ तो तो तो हो हम सोच रहे है न तुम हरी करवाई ही ले तो पकरिया कार्य अच्छी लग रही है